साथियों नमस्कार आप सभी लोगों को सहर सूचित ये करना है कि दिनांक 20 से लेकर के और 25 जुलाई मुंबई आगमन हमारा हो रहा इच्छुक दर्शक जो कोई भी बॉम्बे से हैं तो आप लोग आ कर के मिल कर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं अभी जो है जल्दी हमारा मुंबई का जो है दौरा हुआ था और आप सभी के पुनः आग्रह पर एक बार मुंबई हम फिर आ रहे हैं तो जो कोई भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और हाँ दर्शक स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करिए यदि फ़ोन कॉल उठता है तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए नहीं उठता है तो व्हाट्सएप पर आप लोग जो है प्रोसेस पूछ सकते हैं आपको होटल की जानकारी दे दी जाएगी किस होटल में हम रुकेंगे रूम नंबर आपको बता दिया जाएगा और पर्सनली यदि आप मिलते हैं आप लोगों को एक अच्छा खासा समय देंगे इसीलिए हम इतने दिन का मार्जिन लेके आ रहे हैं तो मिलते हैं आप लोगों से मुंबई में दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार